आज की कहानी है बहू की परीक्षा मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की सेठानी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह हर घर का काम संभाल लेगी सेठ जी कहते कि वे गवार होती है उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं आखिर सेठानी की जीत पर एक गाँव पहुँचे सेठ जी ने कहा बेटी जरा चीकू शेक ले आओ बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया वह रसोई घर में गई चार चीकू लिए तवे पर सेका मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई सेठ सेठानी इस चीकू शेख को देखते ही रह गए अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला बेटी जरा पापड़ शेक लाओ लड़की किचन में गई चार पापड़ लिए मिक्सर में डाले पानी मिलाया और गिलास में भर कर ले आई और बोली लीजिए पापड़ शेक। छोरा अभी भी कुआ रही है